बिजली विभाग मध्य प्रदेश में राम भरोसे काम कर रहा है वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपनी सारी ऊर्जा गजक कूटने में लगा रहे हैं ग्वालियर में तोमर गजक के कारखाने में गजक पर हथौड़ा चलाते नजर आए पुरानी कहावत है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का है एमपी में तमाम लोग बिजली की समस्या से परेशान है वहीं ऊर्जा मंत्री अपनी ऊर्जा अपने विभाग में लगाने की बजाय गजक कूटने में लगा रहे हैं वायरल वीडियो में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर में गजक पर खूब हथौड़े चलाए मंत्री के इस अंदाज पर हाल ही के दिनों में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नरेंद्र सलूजा ने चुटकी ली सलूजा ने ट्वीट में कहा कि मंत्री जी दौरे पर थे किसी ने बता दिया कि गजक का नाम कांग्रेस है बस फिर क्या था मंत्री जी ने जमकर कूट दिया तोमर भी कभी कांग्रेस में रहे हैं 2020 में सिंधिया के बीजेपी में जाने पर उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी वैसे ऊर्जा मंत्री तोमर की चर्चा हमेशा ऐसा ही कुछ करने के लिए होती है उनकी चर्चा कभी भी ऊर्जा विभाग में अच्छा काम करने को लेकर तो नहीं होती आए। आए। आए।